माता रानी कसुमिर कर लो माता रानी कर लो जीवन का हर कल से मिटेगा माता रानी कसुमिरन कर लो जीवन का हर जीवन का हर कले तो मिटेगा जीवन का हर कले से मिटेगा जीवन का हर कले से मिटेगा जीवन का हर कले तो मिटेगा माता का माता का का सुमरानी करे लो जीवन का हर करात रानी का तुम तो रन लो जीवन का प्रथम से सरे चंद्र घंटा आई तो तीसरे चंद्र घंटा आई तो आनंद ही आनंद मिलेगा माता ने क्मिरण कर लो जीवन का हर कले तो मिटेगा में माता जो आएंगी मा तेरा कर खोते परेगा माता तुम रहने कर लो जीवन कार्य कले मिटे दात्री जो घर में आएंगी सीधी दात्री जो घर में आएंगी सुख तो का काता रानी कदम कर लो जीवन का हर कदम कथ रहने कर लो जीवन का कार कलेत मिटेगा का तरानी कथ रहने कर लो जीवन दीवन कर कलित मिटेगा विवनकार कलित मिटेगा विवनकार कलित